अब ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम स्टॉक या शेयर मार्केट भी कहते हैं एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जो कंपनीज इशू करती हैं, को खरीदा और बेचा जाता है अब भी समझ नहीं आया ये आपके टिपिकल बाजार से ज्यादा अलग नहीं है बस यही है कि यहाँ फल या सब्जी की जगह एक कंपनी की फाइनेंशियल असेट जैसे शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है अब ये शेयर क्या होता है शेयर और हर एक बनता हिस्सा एक, एक शेयर की तरह तो जितने ज्यादा शेयर एक कंपनी इश्यू करेगी मतलब जितने ज्यादा स्लाइसिस उतनी ही कम शेयर की बाइंग वैल्यू हो सकती है तो मान लो एक एक कंपनी नया मॉडल लॉन्च करती है, जो उसके प्रॉफिट्स में बहुत बढ़ाव लाता है तो शेयर की वैल्यू भी बढ़ सकती है क्योंकि तो दस रुपए पे खरीदते हो और उसकी वैल्यू पच्चीस रुपए तक चली जाती है और आप उसी दाम पे उसको बेच देते हो तब आप टैक्सेस और ब्रोकरेज से पहले टोटल पंद्रह रुपए का प्रॉफिट पर शेयर बना सकते हो पर ये मार्केट है कहाँ कहीं भी नहीं ये सब वर्चुअली किया जाता है आपकी स्क्रीन पर जहां शेयर्स के दाम बस कुछ ही सेकंड्स में बढ़िया घट सकते हैं इसीलिए इन्वेस्टर्स को हमेशा सावधान रहना चाहिए ये सब आपको जितना भी एक्साइटिंग लगे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट्स बनाना सिर्फ प्रोबेबिलिटी का खेल होता है क्योंकि किसी को फॉर श्योर पता नहीं होता कि कंपनी फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगी अब आप ये सोच रहे होगी कि कंपनी को शेयर्स ऑफर करने से क्या मिलता है अपने फाइनेंशियल पब्लिक को ऑफर करना बस कंपनी का एक तरीका होता है जिससे वो अपने ग्रोथ के लिए पैसा इकट्ठा कर सके अब इन स्टॉक एक्सचेंजेस के इंडिकेटर्स भी होते हैं जिनको हम स्टॉक इंडाइसिस कहते हैं इनसे हम किसी भी पर्टिकुलर समय की ओवरऑल स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस के बारे में जान सकते हैं जैसे अमेरिका में एस 500 हमें उधर की टॉप 500 हंड्रेड कंपनीज की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है और निफ्टी 50 इंडिया में हमें इंडिया की टॉप 50 कंपनी की स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस के बारे में बताता है इनसे आपको कब इन्वेस्ट या ट्रेड करने का आइडिया मिल सकता है तो आज के लिए बस इतना ही और ये है कुछ अलग अलग देशों की स्टॉक एंडाइसिस थैंक यू